हम पाड़ी है जनाब हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती हम तो लूण मंत्रा के ही ठीक हो जाते हैं